यहां पे जो कार चल रही है ना अभी है तो मैं क्या कह रहा था यहां पे ना देख के चलानी पड़ेगी क्योंकि यहां पे जो कार चल रही है ना वो भयंकर बिना इंडिकेटर दिए राइट लेफ्ट हो जाती है तो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा बहुत ज्यादा तो थोड़ा सा लेफ्ट होकर चलेंगे बीच में नहीं चलेंगे और वहां पे कार है ना और यहां पे मैं हूं वो तो 200 मीटर पहले ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे ताकि फुल सेफ्टी रहे अगर मैं बाहर मुँह निकाल रहा था तो उड़ लोगों पीछे तो अंदर घुसना पड़ रहा है बहुत भाई मेरा हेलमेट का काम नहीं कर रहा बुरी आदा सब बोल दो का तेरा भाई हेलमेट की बैडिंग इतनी ढीली मुझे लग रहा उड़ना ना जाए बस ये हाँ? तो यहां से यूटर्न मार रहे हैं क्योंकि आगे ना यूटर्न नहीं मिलेगा फिर सीधा अस्सी किलोमीटर के बाद मिलेगा यूटर्न यार इडर ये इसका नंबर है यूके ज़ीरो सेवन डी ये बाइक का यमुना एक्सप्रेस पे एक्सीडेंट हो गया और उसकी ये YouTube चैनल भी इसका प्रो राइडर 1000 बाइक का मतलब डेथ ही हो गई